डिंडोरी में एक बुजुर्ग दंपत्ति की लाश मिलने से हडकंप मच गया ये बुजुर्ग दंपत्ति गांव की एक झोपड़ी में रहते थे ग्रामीणों को इन दंपतियों की हत्या का शक हो रहा है वहीं इस मामले की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी वाक डिंडोरी के धाना मार्ग गाँव का है बताया जा रहा है कि मृतक बुजुर्ग दंपत्ति गाँव की ही एक झोपड़ी में रहते थे इन बुजुर्ग पति पत्नी की लाश मिलने से पूरे गाँव में सनसनी फैल गई ग्रामीणों को शक है कि इनकी हत्या हुई है ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है पुलिस ने दोनों के शवों को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम कराया फिर शवों को परिजनों को सौंप दिया जी हां, ग्राम घानामार में एक भारतीय संपत्ति का सौ उनके झोपड़ी में मिला है जिसमें मृतक छगना पार्थी और उसकी पत्नी शांति बाई इनके दोनों के सर में चोट लगी हुई जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है दोनों के सब को जिला अस्पताल लाकर कर के पी कराया जा रहा है प्रथम दृष्टया अभी तक के हत्या की घटना प्रतीत हो रही है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का